ना मेरा ना तुम्हारा ओप्पो का ए सतारा <laughs> ये हैं ओप्पो का ए सत्रह और ये फ़ोन जो है ओप्पो के बेसिक फ़ोन रेंज में आता है मतलब कम प्राइस में इसमें जो है ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है इस वजह से रेंज जो है कम ही रखी गई है ये ओप्पो का सबसे सस्ता फ़ोन है इस साल का जिसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और चार की रैम है और चौंसठ GB बी इंटरनल स्टोरेज के साथ ये जो है आता है 720 की डिस्प्ले है और डिस्प्ले काफ़ी जो है स्मूथ चल रही है क्योंकि इसमें जो है Helio का G35 <laughs> मतलब ये छोड़ेंगे नहीं पुराने प्रोसेसर को Oppo वीवो और Android वर्ज़न जो है आप देख सकते हैं Android 12 इसमें मिल रहा है 5000 हज़ार की इसमें बैटरी मिलेगी तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या ख़ास है कि इस फ़ोन को आपको लेना ही चाहिए या नहीं लेना चाहिए फ़ोन जो है काफ़ी स्मूथ चल रहा है ठीक है क्योंकि अभी लोड नहीं डाला गया कोई ऐसी एप्लीकेशन इसमें नहीं डाली गई कि ये जो है ज़्यादा स्टक हो बट इसमें ब्लोडवेयर दिया गया और उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं ट्रिपल स्लॉट के ज़्यादा आता है दो सिम लगाइए साथ में मेमोरी कार्ड भी आप डाल सकते हैं पीछे की तरफ जो है हम पचास मेगा की ही बात करेंगे दूसरे दो मेगा की बात हम ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा दिया गया क्योंकि इसमें जो है लेदर फिनिश डिज़ाइन दिया गया और ये चीज़ जो है काफ़ी कूल लगती है इस तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर है वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलते हैं आपको और फ़ोन जो है काफ़ी स्लिम है विथ जो है इसकी अबाउट सेवन पॉइंट फाइव सेंटी है और यहाँ पर आप डिज़ाइन वाइज देख सकते हैं ये साढ़े बारह हज़ार की रेंज में आता है और चार जी बी में और चलिए कैमरा की बात कर लेते हैं कैमरा जो है इसमें काफ़ी स्टाइलिश नुमा कैमरा दिए गए हैं पर इसमें जो है स्लो मोशन नहीं मिला मुझे मतलब आजकल कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है स्लो मोशन शायद ये इनको नहीं पता और ओप्पो वालों ने स्लो मोशन इसमें नहीं डाला तो चलिए कोई बात नहीं हम जो है 50 मेगापिक्सल पे इसे सेट कर लेते हैं और देखते हैं कि 50 मेगापिक्सल की क्वालिटी एक्चुअल में आती कैसी है ठीक है और साथ में एक इसी के फ़ोन की जो है डमी पड़ी हुई है ओप्पो की उसकी जो है हम पिक्चर क्लिक करते हैं तो चलिए हमने जो है यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर ली और अब देखते हैं कि क्वालिटी आपको कैसी मिलती है तो क्वालिटी ठीक है अच्छी है बुरी नहीं है और फ़ोन जो है मैंने पकड़ा हुआ है इसका वेट जो है 189 ग्राम है यानी लगभग 190 ग्राम तो इतना भी ज़्यादा भारी नहीं लगता फ़ोन की जो लुक और पर्सनालिटी है काफ़ी अच्छी बनाई गई है फ्रंट की तरफ जो कैमरा दिया गया है वो भी ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस कर लेता है 5 मेगापिक्सल का यार कम से कम आठ मेगा पिक्सल, मेगा पिक्सल चाहिए साढ़े ले रहे हो आप तेरह नहीं दे रहे चलिए कोई बात नहीं फुल एच की स्क्रीन ही दे रहे चलिए कोई बात नहीं पर क्या ओप्पो वाले सोचते हैं मतलब यहाँ पे आपको बैक में 50 मेगापिक्सल पिक्सल दे दिए बस ये चीज़ है और फ्रंट में जो है आपको 5 मेगापिक्सल और बैक में और सेकेंडरी कैमरा दो मेगापिक्सल का इसमें जो है आपको 5000 हज़ार की बैटरी आती है और वो आ, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है पर चार्जर फास्ट चार्जर नहीं आता साथ में फोन में जो है आप देखिए कैमरा भी फीचर्स भी ऐसे नहीं दिए गए बस एक्सपर्ट मोड दिया गया प्रो मोड दिया गया यानी जिसे कह सकते हैं और स्पून में और ऐसा कुछ भी नहीं है इस तरह की और वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल टेक्निशी बायोजिस्टमो को लाइक शेयर सब्सक्राइब